हेलो भाई लोग तो भाई लोग मैं फिर से अगेन मतलब एक नया टिप्स ट्रिक जो भी आप कह लो आपके हिसाब से जो भी लगे या आइडिया आपके लिए कुछ भी लग सकता है और तो अगर आप जानते हो गए तो अच्छी बात नहीं जानते तो आपके लिए नया ट्रिक लेके आऊँ देखिए आप जैसे आपको कोई फ़ाइल शेयर करना है कहीं भी विदाउट व्हाट्सएप बड़ी फाइल होती है व्हाट्सएप पर नहीं जाती उसमें सबको पता है फिर टेलीग्राम टेलीग्राम पर टेलीग्राम अकाउंट बनाना पड़ता है या फिर लिंक देना पड़ता है ये सब नंबर नंबर देना पड़ता है ये सब फालतू तो काम ही रहते हैं तो अगर मुझे डायरेक्ट लिंक दे के किसी फाइल को मतलब एक्सेस करवाना हो दूसरी तरफ से कि बड़ी फाइल है और उसका लिंक दे दो वहाँ से वो डाउनलोड कर ले तो जैसे कि आप देखते होंगे कई लोग यूट्यूब पे भी फाइल शेयर करते हैं इधर उधर तो वो ट्रिक में लेके आएँ आपके लिए अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो देखिए पूरा बने रहिए और जिसको नहीं पता हो शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के पास जिसको भी ना पता हो तो आइए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको एक ऐप की नीड होगी जिस ऐप से हम शेयर करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डाटा को तो ऐप है ऐप का नाम है प्ले स्टोर में जाइए आप यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं सर्च करना आपको मीडिया फायर मीडिया फायर फर्स्ट लिंक देखिए ऊपर सबसे पहले आ गया अगर तो जैसे कि हम इस ऐप में आ चुके हैं देखिए आपके पास ऐप आप खुला पड़ा है तो इसको जस्ट इंस्टॉल करना है तो आइए इंस्टॉल करते हैं तो ये फ़ाइल इंस्टॉल हो गया तो अब ओपन करते इसे इंटरफेस देख लीजिए ऐसा रहेगा तो साइनअप करते हैं तो मैंने पहले ही साइनअप कर रखा है तो मैं बैक मारूँगा लॉग इन तो आईडी डी पासवर्ड मतलब सीधा लॉगिन पर जाता हूँ लॉगिन के बाद इंटरफेस दिखाऊंगा आपको तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो आपको इनेबल कर देना है कैमरा बैकअप अलाउ उसके बाद आपका ये पूरा पेज खुल गया तो इसमें आपको दिखा रहा है कि आपने क्या बैकअप लिया है मतलब आप क्या शेयर कर चुकी हैं तो मैंने भी कुछ नहीं शेयर किया सब में जीरो, जीरो दिखा रहा है तो मैं आपको एक फाइल शेयर करके दिखाऊँगा तो यहाँ ऊपर अपलोड का निशान है इस पर क्लिक करेंगे then I, I am going my file so यहाँ पर जाने के बाद मैं उस file को ले लेता हूँ particular file को जिसको भी लेना है तो मैं इसे share करना चाहता हूँ आप इसी को ही आप इसी का link आपको दूँगा जो app है उसी का link है तो click किया मैंने select हो गया upload दिखा रहा है आप देख लीजिए upload में हमारा बैकअप था जो पहले कर रखा था ऑटोमेटिक ले लेता है बैकअप इसको बंद कर दीजिएगा मैं बंद कर दूंगा अभी सॉरी अपलोड होने के बाद तो फ़ाइल यहीं आ गया अपलोड कैंसिल हो गया आप लोड मतलब देखते हैं अपलोड हो जान दीजिए तो ये देखिए नीचे एक फाइल बन के आ गया मीडिया फाइल कॉम डॉट मीडिया डॉट एंड्राइड तो यही है फाइल जिसको मैं आप लोग साथ शेयर करूँगा तो इस पर क्लिक करता हूँ जस्ट डाउनलोड व्यू एंड कैंसिल तो मैं इसको व्यू देखता हूँ इसका क्या है ये देखिए सीधा इंस्टॉलेशन कोई झिकझिक नहीं किसी बात का तो इसमें कुछ देर क्लिक करेंगे ऊपर क्लिक करेंगे देन अपलोड तो हो ही गया है लिंक कॉपी करेंगे तो यहाँ देखिए शेर का निशान है जो कि छुपा हुआ था मुझे नहीं दिख रहा था तो अब उस पर क्लिक करना है जस्ट क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस है कॉपी लिंक तो क्लिप क्लिक एंड अब आप इसे कहीं भी शेयर कीजिए कहीं भी डायरेक्ट डाउनलोड होगा जो कि मैं आपको लिंक में दूँगा आप क्लिक कीजिएगा सीधा डाउनलोड फाइल पे आ जाइएगा डाउनलोड कर सकते हैं इस को आप डायरेक्ट मेरी फा, दीवी फाइल से प्ले स्टोर का लिंक दे दूंगा, दोनों लिंक दे दूंगा, ठीक है अगर आपको पसंद है तो जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती हो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आगे उस पर वीडियो बना सकूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग